नमस्कार आपका फिर से स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम डेटाबेस में कुछ डेटा लिखेंगे यह करने के लिए हम अपने माई एसक्यूएल क्वेरी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास हमारे रिकॉर्ड्स हैं मैं इस ट्यूटोरियल को फिर से कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने पहली बार किया था वह काम नहीं किया था अतः सर्वप्रथम मैं यहाँ इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ हाँ ठीक है तो हमारे पास एक खाली टेबल है हमारे टेबल में इस समय कोई भी डेटा नहीं है हम देख सकते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है यहाँ केवल हमारे फील्ड्स के नाम हैं। इसके साथ यहाँ पर शुरू करने के लिए चलिए इसको केवल कमेंट करते हैं अतः राइट सम डेटा फिर हम एक क्वेरी निर्धारित करेंगे जो डेटा लिखेगा अतः राइट और हम माइ स्कूल फंक्शन उपयोग करेंगे और यह ठीक एक पैरामीटर लेता है जो कि हमारी एसक्यूएल क्वेरी है इसे करने के लिए डेटा को भीतर डालने के लिए हम इंसर्ट टाइप करेंगे हम इंसर्ट इनटू लिखने जा रहे हैं अब इसे बड़े अक्षरों में लिखने का कारण यह है क्योंकि यह एसक्यूएल कोड है यदि मैं कुछ भी बड़े अक्षरों में लिखता हूं, इसका मतलब यह एसक्यूएल कोड है यदि मैं कुछ भी छोटे अक्षर में लिखता हूँ इसका मतलब यह या, या तो टेबल का नाम या डेटाबेस का नाम या फिर यह डेटा है जिसे मैं डेटाबेस में लिख रहा हूँ अतः इंसर्ट इन people क्योंकि जो यहां पर हमारे टेबल का नाम है और और फिर values और फिर कोष्ठकों में हम प्रत्येक के लिए कुछ स्थान बनाएंगे अतः हमें एक दो तीन चार पांच मिल गया यहाँ पर पांच फील्ड हैं अतः हमें डेटाबेस के ठीक पांच पीसेस यहाँ लिखने की जरूरत है हमें आई डी फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसी तरह से जेंडर तक की आवश्यकता है यह अंदर बनाए जाते हैं या सिंगल कोर्ट्स का उपयोग करके जो कि अल्प द्वारा अलग किए गए हैं डबल कोर्ट का उपयोग न करने का कारण यह है क्योंकि यह हमें अंत में या बल्कि शुरू में मिले और यहां खत्म हो रहे हैं हमें यहां पर अपनी आईडी प्रविष्ट करने की आवश्यकता नहीं है अगला हमारा फर्स्ट नेम है अतः में अलेक्स लिखूंगा मेरा लास्ट नेम मैं गैरट लिखूंगा मेरी जन्मतिथि के लिए मैं डेट फंक्शन बनाऊंगा जो कि वेरिएबल डेट के बराबर है मैं इसे विशिष्ट संरचना में रखूंगा हम यहाँ पर अपने डेटाबेस से देख सकते हैं कि जब हम वैल्यू प्रविष्ट करने जाते हैं हम नीचे आ सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे कैलेंडर फंक्शन में दिनांक है अतः 23 पर क्लिक करने पर हम इस फील्ड के द्वारा ली गई संरचना देख सकते हैं यह वर्ष का बड़ा प्रारूप है अगला महीना है और फिर दिन अतः दो हजार नौ दो जो कि सेकेंड की ट्वेंटी थर्ड टू नाइन है अतः हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि हम अपने डेट फंक्शन की संरचना बड़े वाई एम और फिर डी में कर सकते हैं संरचना जैसी हमें चाहिए उसे पाने के लिए हम इसके बीच में योजक चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं अतः यह इस प्रकार रूप लेगा यह इसके बराबर होगा और यह वर्तमान दिनांक हो जाएगी डेट का इस्तेमाल करके और यह मानते हुए कि की वह हमारे डेट की संरचना में है हम इसे अपने टेबल में यहाँ प्रविष्ट कर सकते हैं अंतिम जेंडर है और चूंकि मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष के लिए एम रख रहा हूं। मानते हुए कि यह कार्य करेगा हम इसे रन कर सकते हैं किंतु इससे पहले हम अंत में माई एक्ल एरर का अनुकरण करके और डाई लिख सकते हैं मैं इसे अभी छोड़ रहा हूं। किंतु यदि आप चाहें तो इसे जोड़ने में संकोच ना करें अच्छा तो अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं जो आप देख रहे हैं वह पिछले की से है चलिए इसको नहीं दर्शाते हैं चलिए इसको हटा देते हैं यह ट्यूटोरियल के इस भाग को पूरी तरह से हटा देगा अच्छा तो कोर पर वापस आते हैं जिसे मैं भी दर्शा रहा हूं और चलिए रिफ्रेश करते हैं मैंने इसे दो बार रिफ्रेश कर दिया है अतः फलस्वरूप फर दो रिकॉर्ड्स लिए गए हैं किंतु पीछे ब्राउज पर जाकर और नीचे स्ट्रॉल करके हम देख सकते हैं चलिए इनमें से एक को डिलीट कर देते हैं हम देख सकते हैं कि जो डेटा मैंने अभी निर्दिष्ट किया वह डेटाबेस में रख दिया गया है मेरा, मेरा फर्स्ट नेम ठीक है मेरा लास्ट नेम ठीक है मेरा जेंडर सही है हम देख सकते हैं कि इस समय मेरी आईडी छह है और अगली बार हम रिकॉर्ड प्रविष्ट करेंगे तो यह बढ़कर सात हो जाएगा और फिर आठ आपको यह अब तक पता होना चाहिए अगला मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे अपनी जन तिथि बदलू क्योंकि मैंने एक गलती कर दी थी अतः सर्वप्रथम मैं इन दो लाइनों को नहीं दर्शाऊंगा जिससे कि मुझे इसे पुनः रन करने की जरूरत ना पड़े और मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा हम इसे अपडेट डेटा के रूप में कमेंट करेंगे यह वर्तमान वेरियबल अपडेट कहलाएगा और यह माइ एक्ल फंक्शन के बराबर है और जिसे हम पैरामीटर के अंदर ला रहे हैं खुद माई एक्सपल कोड है अतः यहां हम अपडेट लिखेंगे और हम टेबल का नाम लिखने जा रहे हैं जो कि पीपल है फिर हम सेट लिखेंगे और हमें एक विशिष्ट फील्ड चुनना होगा इसमें ठीक करना है यह डीओबी होना चाहिए और यह मेरी असली जन्मतिथि के बराबर है जो कि उन्नीस नवासी है वर्ष जिसमें मैंने जन्म लिया और महीना नवंबर है और दिन सोलवा जिस दिन मैंने जन्म लिया इस कमांड को रन करके हम वास्तव में क्या कर रहे हैं कि हम इस टेबल में सबकी जन्म तिथि अपडेट कर रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यह नहीं दर्शाया है कि हमें अपडेट कहां चाहिए किंतु हम कर सकते हैं इसके बाद हम लिख सकते हैं वे आई डी इज इक्वल टू सिक्स क्योंकि मेरी यूनिक आईडी डी है चलिए यहां एक नजर डालें अन्यथा यह हर लोगों को अपडेट कर देगा याद रखिये मैंने बोला आई यूनिक है अपडेट माय आईडी कहना बेहतर होगा इसके स्थान पर मैं क्या कर सकता हूँ कि लिखता हूँ वे फर्स्ट नेम इक्वल्स एलेक्स हालांकि यह प्रत्येक रिकॉर्ड अपडेट करेगा जिसका फर्स्ट नेम एलेक्स है किंतु हम यह भी लिख सकते हैं एंड लास्ट नेम इक्वल्स गैरेट। फिर भी यदि डेटाबेस में हमारे पास दो लोग हैं जिनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सामान है हम पहले की ही तरह अभी भी वही जोखिम रन कर रहे हैं अतः सर्वश्रेष्ठ होगा कि अपना यूनिक इस्तेमाल करें मुख्य शब्द यूनिक आईडी है जो मेरे लिए छह है अतः इस समय आप देख सकते हैं कि मेरी जन्मतिथि दो हजार निर्धारित है जो कि वर्तमान तिथि है किंतु इस पेज को रिफ्रेश करने पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम केवल कमांड रन कर रहे हैं अब यदि हम रिफ्रेश करने के लिए ब्राउज पर क्लिक करें और हम नीचे स्क्रॉल करें हम देख सकते हैं की यह जिसमे हम चाहते थे उसमें बदल गया और बाकी सब कुछ बिना बिगड़े हुए है अतः यदि आपको अपने डेटाबेस में कुछ डेटा अपडेट करने की या उसी प्रकार की कुछ जरूरत है आप दर्शा सकते हैं कि किस डेटा को आप अपडेट करना चाहते हैं मैंने डीओबी उपयोग किया था और यह जन्मतिथि के बराबर है चूंकि जरूरी है मैं अपना लास्ट नेम अपडेट कर सकता था आपको यह भी स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि आप इसे कहां अपडेट करना चाहते हैं अतः मैं यह रिकॉर्ड बोलूंगा जो यह लंबी लाइन यहाँ पर है यह रिकॉर्ड कहलाते हैं और मैंने स्पष्ट रूप से दर्शाया वह आई डी के बराबर थी और इसने मेरे यूनिक रिकॉर्ड को अपडेट किया अतः यह है जो आपने सीखा कैसे वैल्यूज प्रविष्ट करें और इसके साथ ही कैसे कुछ वैल्यूज को अपडेट करें यदि आपने उसे गलत कर दिया जैसे मैंने किया था या यदि आप केवल कुछ डेटा अपडेट करना चाहते हैं, जो कि ज्यादातर होता है जब आप अपने डेटाबेस के साथ कार्य करते हैं अच्छा तो अगले भाग में मुझसे मिलिए यह जानने के लिए की कैसे अपने डेटाबेस ऐसी सूचना प्राप्त करें और डेटा प्रयोगकर्ता के समक्ष दर्शाए जल्द ही मुलाकात होगी आई बॉम्बे के ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद